तुम तो ये बहुत one, अच्छी तरह से करते one, हो जी आप वन ये बहुत पॉपुलर कॉमिक है <laughs> मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है दोस्तों ये कह क्या रहा है सुनियो ने गैगलर नाम की एक नई कॉमिक बुक खरीदी है जियान इसलिए वो बहुत शो ऑफ कर रहा है मैं तो परेशान हो गया हूँ जियान हाँ? तो ये बात है हाँ? यकीन नहीं होता। सही कहा। जिस दिन ये कॉमिक बुक मार्केट में आई थी मैं उसी दिन इसे खरीदने गया था लेकिन ये खत्म हो चुकी थी लेकिन सुनियो तुम इसे कहां से लाए <laughs> बात ये है दोस्तों बुक स्टोर का मालिक हमेशा मेरे लिए एक कॉमिक बुक बचाकर रखता है क्योंकि मैं उसका एक रेगुलर कस्टमर हूँ इसलिए आज मुझे ये कॉमिक आसानी ऐसी मिल गयी मुझे दिखाना अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो जाकर खरीद लो ये बुक तो इंटरेस्टिंग है इसे मैं ले जा रहा हूँ हाँ? मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लेना सुनियो ठीक है नहीं मुझे मेरी बुक वापस करो छुट्टी होने के बाद ले लेना तब तक मैं इसे पढ़ लूँगा ठीक है लेकिन अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जियान सुनियो क्या तुम्हे ऐसा लगता है की कोई मुझे पकड़ सकता है चलता हूँ हाँ रुक जाओ मेरी बात सुनो जियान मैने ये कॉमिक आज ही खरीदी है चुप हो जाओ वरना ये वापस नहीं मिलेगी जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे उन्हें देखकर वो घबरा गया और फिर वो तेज भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया लेकिन तब तक रात हो चुकी थी उसे बहुत डर लगने लगा शिजुका नबिता नबिता कैसा शीजुका ने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे उसका जिस्ट बताओ जल्दी ऐसी हाँ जिस्ट का क्या मतलब है सर इसका मतलब है सिनोप्सिस क्या सिनोप्सिस मैं अभी बताता हूं सर उ... अब बताओ नोबिता क्या तुम सुन नहीं रहे थे नहीं सर जब कोई पढ़ रहा होता है तो तुम्हें उसको ध्यान से सुनना चाहिए नोबिता आई एम सॉरी अब नहीं? <laughs> नहीं? <laughs> नहीं? <laughs> नहीं? <laughs> ये सब क्या है जियान ये गैगलर कॉमिक है सर अपनी बकवास बंद करो हाँ? क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ? अब पता चला कि तुम टेस्ट में हमेशा फेल क्यों हो जाते हो <laughs> आज के बाद तुम कभी भी क्लास में कॉमिक बुक लेकर नहीं आओगे ये बुक मेरे पास रहेगी समझे ठीक है हाँ? अरे नहीं मेरी कॉमिक क्या सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है शिजुका। रुक जाओ जिया हाँ। ये बताओ अब हम क्या करेंगे किस बारे में मेरी कॉमिक बुक जियान जो टीचर ने ले ली है अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा मतलब क्या है मैंने अभी तक वो पढ़ी भी नहीं है उसे एक सपना समझकर भूल जाओ सुनियो आखिर वो एक कॉमिक ही तो थी क्या कहा तुमने हुँ, हुँ। क्या तुम्हे ये पता है जियान मैंने वो कॉमिक बुक कितनी मुश्किल ऐसी खरीदी थी मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च हो गए हैं जियान तुम्हें क्या हो गया है सुनियो तुम्हें कॉमिक बुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो भाग जाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है जियान मेरे पास तुम्हारा वो टेस्ट पेपर है जिसमें तुम्हें जीरो मिला था वो मैं तुम्हारी माम को दिखा दूंगा अरे रुक जाओ मेरी बात तो सुन लो देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनियो तुम्हारी कॉमिक बुक मैं तुम्हें वापस ला दूंगा क्या सच में सुनियो मेरा यकीन करो तुम जानते हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हाँ ठीक है अच्छा हुआ नोबिता इनका झगड़ा खत्म हो गया हे नोबिता हाँ? देखो मेरे पास एक आइडिया है हाँ? तुम जाकर टीचर से वो कॉमिक बुक वापस लेकर आओगे हाँ? हाँ? नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता तुम डोरेमोन की मदद से कुछ भी हुँ? कर सकते हो नोबिता सही कहा पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं तुम बस उससे प्यार से बात करना ठीक है और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही है नोबिता अगर तुम टीचर के सवाल का जवाब दे देते तो ये सब कभी नहीं होता समझ गए इसलिए वो कॉमिक बुक तुम्हें ही वापस लानी पड़ेगी नोबिता अरे नहीं जी नोबिता क्या तुम मुझे मना कर रहे हो ऐसा गैजेट जो कॉमिक बुक वापस ले सके मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता प्लीज ऐसा मत कहो अगर मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर नहीं आया तो जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन। डोरेमान हाँ? तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी Red light, green light cap. ये क्या है तुम्हें एक ऐसा गैकेट चाहिए था ना जो तुम्हारी मदद करे हाँ? अब तुम मेरी बात ध्यान ऐसी सुनो नोबिता इस कैप को पहनने के बाद अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें देख नहीं पायेगा कुछ समझे नोबिता सिर्फ इसे पहनने से नहीं नोबिता तुम्हें उसके पीछे चुपके से पहुंचना है और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मुड़े तुम्हें रुक जाना हुँ? है फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगा नोबिता ये तो कॉम्प्लिकेटेड है हुँ? चलो इसे ट्राई करें। तुम दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ इस तरह अब थोड़ी देर बाद तुम्हे मेरी तरफ मुड़ना है नोबिता तुम्हारी तरफ मुड़ू हाँ अरे हो हो हाँ। ये क्या डोरेमोन तो गायब हो गया हाँ? तुम कहा हो डोरेमोन तुम मुझे मार क्यों रहे हो डोरे हाँ? हो डोरेमोन तुम अब सामने भी आओ हाँ? हाँ? तुम यहीं पर थे डोरेमोन हाँ लेकिन ये आसान नहीं है अगर तुम हिलोगे तो पकड़े जाओगे हाँ? इसकी मदद से तुम टीचर से कॉमिक बुक वापस ला सकते हो कहता है कि ये बहुत आसान है लेकिन क्या ये काम करेगा अभी सर कहाँ पर होंगे अंदर देखता हूँ हाँ? नो नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ओ, नहीं कुछ नहीं सर भागो। अगर पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो अरे नहीं ये ठीक नहीं रहेगा हा? हा? ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है <laughs> जरूरी शुजुका की होगी पीको तुम कहाँ हो पीको पी को तुम तुम्हारी कैनरी उड़ गई है ना लेकिन तुम्हें कैसे पता चला वो उस ट्री के ऊपर है हा? ये सब मॉम की वजह से हुआ है नोबिता आज उन्होंने इसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया ये तो बहुत ऊपर है नोबिता अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगी हुँ? तुम उसकी चिंता मत करो हु? ये लो इसे यूज करना आसान है क्या सच में इस कैप को पहन कर चुपचाप उसके पीछे जाना है अगर कैनरी तुम्हारी तरफ मुड़े तो तुम बिल्कुल मत हिलना फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी शिजुका ठीक है मैं कोशिश करती हूँ तुमने कर दिखाया शिजुका थैंक्स नोबिता ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है इसे यूज करना तो बहुत आसान है मैं चलता हूँ बाय बाय। हाँ? हाँ? अरे नोबिता। हाँ? अरे सर तो घर जा रहे है लेकिन कॉमिक बुक कहाँ है हाँ? हाँ वो रही मुझे जल्दी कुछ करना होगा हाँ? हाँ। मुझे तो लगा कोई हाँ। मेरा पीछा कर रहा है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है आ, हाँ। ये काम तो बहुत मुश्किल है कितना अच्छा हो अगर ये सीधे ही चलते रहे तो हाँ। हाँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है हाँ। आ? अरे नहीं बचाओ मुझे ये आ? मुझे काट लेगी अरे अरेता तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो बोलो <laughs> कुछ नहीं सर भागो आ? मैं हूँ जियान मैं हूँ बड़ा ताकतवर मेरा गला है जियान? ओ कहाँ जा रहे हो अरे सर आप यहाँ मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस दे दूंगा क्या सच में सर या मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस तो जरूर दे दूंगा लेकिन पहले मैं तुम्हारी मोम से मिलूंगा जियान समझे क्या मेरी मोम से ये ठीक नहीं है सर क्या मतलब है तुम्हारा देखो अगर तुम ये कॉमिक बुक हुँ? स्कूल में लेकर नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता जियान लेकिन ये मेरी नहीं है सर ये सच है कि मैं इसे पढ़ रहा था लेकिन स्कूल में इसे सुनियो लाया था क्या कहा तुमने सुनियो लाया था हाँ सच में सर ये सब सुनियो की वजह ऐसी ही हुआ है अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ मुझे जाकर सुनियो को बता देना चाहिए हाँ क्या सच में नोबिता हाँ वो सीधे तुम्हारे घर आ रही है सुनियो जियान ने ऐसा किया अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नोबिता सच में हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है नोबिता अब जियान नहीं बचेगा ओके हाँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा सुनियो ये लो हु? सुनो इसे ऐसे यूज करना है ठीक है मैं समझ गया नोबिता जल्दी करना सुनियो वरना सर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे तुम चिंता मत करो और फिर वो कैब लेकर सुनियो जियान से बदला लेने चला गया डोरेम मुझे बहुत चिंता हो रही है मुझे नहीं लगता सुनियो अपना बदला जियान से ले पाएगा। तुम्हें इस तरह मेरा गैजेट किसी और को नहीं देना चाहिए नोबिता दोबारा ऐसा नहीं होगा लेकिन सर मेरा सुनियो ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं उसे जानती हूँ लगता है लेट हो गया बिल्कुल नहीं हाँ? <laughs> हाँ, ये तो वही कॉमिक है <laughs> <laughs> तुम्हें पता है नोबिता मैंने वो कॉमिक बुक बदल दी है तुमने कॉमिक बदल दी इस कॉमिक से ये साबित हो जाएगा मुझे यकीन नहीं होता हाँ? आ? आ? अरे ये टेस्ट पेपर तो जियान का है जिसने उसे जीरो मिला है ये देखिए सर इस बुक पर नाम लिखा हुआ है इसका मतलब ये बुक जियान की है मेरे सुनियो के नहीं है क्या कहा जियान आप मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। ओके कोई बात नहीं तो ये सब जियान ने किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं हाँ। बहुत अच्छा हुआ अरे नहीं मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्यूँ डो रिमोन देखो अगर जियान को पता चल गया कि हमने ही वो बुक चेंज की है तो वो हमारी बहुत पिटाई करेगा अब क्या होगा सही कहा अब क्या करें? मुझे क्या पता सुनियो। प्लीज जोरेमोन हमारी मदद करो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हाँ। आ, मुझे जियान से बहुत डर लगता